हेलो दोस्तों बहुत बहुत बहुत सारे बहुत सारे सारे वीडियोस वीडियोस बन गए देख लिए आपने ओपनिंग्स ओपनिंग हम आज हाथ में लेते हैं जैसे की सिसलियन डिफेंस तो वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप उसके सारे वेरिएशन जब तक हमको पूरा सिसीलियन डिफेंस अगेंस्ट खेलना नहीं आता है व्हाइट से तब तक ये कंटिन्यू जिसकी हम सीरीज बनाते रहेंगे तो आज से मैं आपके लिए पहले शुरुआत करूंगा सिसिलियन डिफेंस से और हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन डिफेंस मतलब सामने वाला जब ई फोर अगेंस्ट सी फाइव खेलता है तो आपको अटैकिंग मूव्स कैसे मिलेंगे तो ये वन बाय वन आपको सारे सीरीज ऑफ आपको सिसलियन जैसे कि हम पंद्रह पंद्रह मिनट या बारह मिनट का कोई भी वीडियो लेते हैं तो आपको पता ही है कि कोई भी ओपनिंग इतनी छोटी नहीं होती कि जल्दी से ख़त्म हो जाए इसके लिए बहुत सारे वीडियोस चाहिए तो मैं आज से एक बात मैंने तय की है कि मैं आपके लिए सी सी जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम मोरा कैम्बिट के सीरीज ही बनाएंगे तो दोस्तों ये सीरीज आपको तैयार करनी है तो मेरे सारे वीडियोज़ वन बाय वन देखने होंगे मोरा मोरा पार्ट पार्ट ऐसे सभी वीडियोस आपके लिए बना लाऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं आज मोरा सीसीलियन मतलब इोर हम खेलते हैं ब्लैक खेलता है सी फाइव दिस इज एसिलियन सीसी में नॉर्मली ज्यादा ओपनिंग नाइट एफ थ्री देन डी सिक्स और ने ड्रैगन वगैरह बहुत सारे लाइंस है दोस्तों लेकिन हम सब में नहीं पड़ेंगे हम एक अटैकिंग लाइन पकड़ते हैं क्योंकि व्हाइट प्लेयर चाहेगा कि उसे पहले से अटैक करना मिले और पहले से वो डिफेंसिव प्लेयर होगा तो उसे खेलने में मजा नहीं आएगा व्हाइट पीसेस लेके तो शुरू करतेलियन क्या मोरा गैम्बिट क्या है तो सेकंड मूव में डी होता है यहाँ पे एक पॉन सेक्रीफाइस वाले मूव है मोरा ग्बिट में सीट एक्स देखो ये में वाइट अगर फुल्ली प्रिपेर होगा तो ब्लैक की हर एक मुंह को पकड़ लेगा हरेक मिस्टेक को पकड़ लेगा इस कौन सी कौन सी मिस्टेक है मैं आपको हरेक वीडियो में बताऊंगा जैसे कि यहां पे हम देखते हैं सेकंड उसके बाद हम खेलेंगे सी थ्री डी टेक सी थ्री अब देखो ब्लैक को पोर्ट इक्वल रख प्लस रखना है तो पोर्न मारना पड़ेगा यहां पर हम नाइट टेक्स सी करते हैं उसके बाद ए ए सिक्स यहाँ पे जल्दी इतना जरूरी नहीं है अर्ली मूव है लेकिन रॉन्ग मूव है ए सिक्स नॉर्मली ए या फिर D6 खेल सकता है ब्लैक ये प्रॉपर लाइन है लेकिन ए मुझे क्वेश्चन लगता है यहाँ पे हम खेलेंगे बिशप c4. ये ये मोरा गेमिट का सेटअप है व्हाइट से अब देखो इतने मूव हो गए दोस्तों कितने मूव हो गए ओनली फाइव मूव फाइव मूव में आपका बिशअप डेवलप हो गया यहाँ पे ब्लैक अगर बी करता है तो ये एरर है बहुत बड़ी मिस्टेक है किसी को पता नहीं होगा कि इतने मुंह में कैसे ये मिस्टेक हो गई क्योंकि ये तो बिशप डेवलप के लिए मुंह है और हमारे बिशप पे थ्रेड भी है तो ब्लैक की ओर से ये कहां मिस हो गया तो यहां पे देखो सिंपली बिशप एफ सेवन आता है किंग टेक्स एफ क्वीन डी चेक e6, queen a8. कई लोग ऐसा सोचेंगे कि सर आप रुक लेने जा रहे हो लेकिन आपकी क्वीन वापस भी तो आनी चाहिए यहां से रुक तो मिल गया लेकिन हमारी क्वीन ट्रैप भी तो हो सकती है नहीं होगी मैं बताता हूं कैसे नहीं होगी ब्लैक खेलेगा क्वीन सी सेवन नाइट को सपोर्ट करने उसके बाद ब्लैक आइडिया बीस बी लेकिन क्वीन सी सेवन में आपको खेलना है बिशअप ई थ्री बिशअ बी सेवन क्वीन ए सेवन नाइट सी सिक्स और क्वीन बी सिक्स वन जीरो रिजल्ट यहां पे वाइट सिंपल विनिंग अ पीस रुख प्लस हो गया है और सिंपल एंडिंग भी आ जाएगी आपकी क्वीन भी अब डेंजरस से बाहर हो गई है तो चलिए देखते हैं दूसरा यहां पे फाइव मूव में ब्लैक ने गड़बड़ कर दी मतलब मिस्टेक कर दी फिफ्थ मूव में मिस्टेक देखते हैं आगे कुछ पोजिशन दोस्तों ये सारे मूव्स आपको नोट डाउन करने हैं वन बाय वन जैसे कि लेक्चर वन लेक्चर टू आप ऐसा नाम दे सकते हो या फिर लाइन वन लाइन टू जो आपकी मर्जी आए और आपकी प्रिपरेशन के लिए और फिफ्थ मूव में ब्लैक ने एरर किया है तो वहां पे आप एक क्वेश्चन मार्क करके रेड पेन से अलग उसे दिखा सकते हो दूसरा देखते हैं ई फोर सी फाइव टेन डी फोर सी डी टेक्स सी थ्री नाइट सी थ्री यहां पर बंदे ने परफेक्ट खेला है d6 सिक्स यहां पर हम खेलेंगे knight f3 bishop g4 अब ये नोरा में ज्यादातर नहीं खेला जाता है नॉर्मली ब्लैक का डेवलप ऐसे होना चाहिए e6 सिक्स देन ए पर b g4 ये मुझे पसंद नहीं आया ब्लैक के यहाँ हम तो खेलेंगे बिशअप सी फोर ही क्योंकि व्हाइट मोरा गेमबिट खेलना चाहता है तो नाइट ऑन सी थ्री बिशअप ऑन सी फोर और नाइट ऑन एफ थ्री ये तीन आपके मूव्स परफेक्ट होने चाहिए तो आप फोर यहाँ पे हम ब्लैक की मिस्टेक की राह देखते नॉर्मल खेलेगा तो हम रिप्लाई देंगे कैसल करेंगे बिशअप इथरी खेलेंगे कुछ भी करेंगे नाइट एफ ये ब्लैक की मिस्टेक है नाइट एफ सिक्स क्यों मिस्टेक है मैं बताता हूं दोस्तों यहां भी आप पकड़ लोगे ये मूव नंबर है सिक्स ब्लैक का मूव नंबर सिक्स ध्यान रखो हम इसे रिपीट कर रहे ई फोर सी फाइव डी फोर सी टेक्स डी फोर सी थ्री डी टेक्स सी थ्री नाइटेक्स सी थ्री उसके बाद डी सिक्स नाइट जनरली फोर भी पहले खेला जाता है लेकिन कई बार हम ब्लैक को कंफ्यूज करने के लिए नाइट एफ थ्री और बीजी फोर खिलवाने के लिए खेल सकते हैं तो बिशअप जी फोर बिशफ सी फोर नाइट एफ सिक्स यहां मो नंबर सिक्स में गलती कर दी ब्लैक ने ब्लैक को यहां पे सिंपली सिक्स खेल करके खेलना था नाइट एफ इज ए ब्लैंडर अब क्यों ब्लैंडर है यहाँ पे देख सकते हो बिशअप सैकड़ी था बिशअपेक्स एफ सेवन आफ्टर किंग टेक्स एफ सेवन ब्रिलियंट मूव आप सोच भी नहीं सकोगे नाइट ई फाइव नाइट ई फाइव अब देखो पॉन टेक्स नाइट नॉट पॉसिबल क्योंकि क्वीन डी तो किंग ई एट फोर और सिंपल व्हाइट विनिंग अ पीस बाय नाइट टेक्स डी फोर कैसी लगी ट्रैप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर और दोस्तों वन बाय वन सारे वेडिसन में आपके लिए तैयार कर रहा हूं और आज तक बहुत ही कम कमेंट्स मिल रहे हैं मेरे वीडियो में तो मुझे हेल्प कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हो सके तो शेयर कीजिए इतने अच्छे वीडियोस मैं बनाता हूँ और आपके लिए हर संडे में मेहनत करके तैयार करता हूँ तो और हो सके तो जितने ही अपने ग्रुप में हैं उसे शेयर कीजिए और शेयर करने से आपका ही नॉलेज बढ़ेगा कोई कम नहीं होने वाला है तो चलिए देखते हैं नया ई फाइव ब्रेक बताता हूं आपको ई फोर सी फाइव डी फोर सी टेक्स d फोर सी थ्री डी इंटू सी थ्री नाइट takes सी थ्री यहां पे वेरिएशन है जो D6 पे दोस्तों मैंने नाइट सिक्स की जगह मूव ऑर्डर ओरिजिनल लाया हूं, क्योंकि हाँ पहले खेलना जरूरी है मैंने सिर्फ बताया कि कभी कभी नाइट एफ थ्री सामने वाले को कंफ्यूज करके हम ये बिशअप जी फोर खिलवाने के लिए खेल सकते हैं लेकिन आ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा बिशअपी फोर फर्स्ट बिशअ सी फोर के बाद यहां पे ब्लैक अगर नाइट एफ सिक्स करता है तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है क्यों मिस्टेक है नेक्स्ट देखो मून नंबर फिफ्थ आप नोट डाउन कर लीजिए कि मून नंबर फिफ्थ में ब्लैक ने नाइट एफ सिक्स किया तो ये मिस्टेक है नेक्स्ट फिर से देखिए इ फोर सी फाइव डी फोर सी टेक्स डी फोर सी थ्री D6 C3, Knight थ्री नाइटे थ्री यहाँ पे देखना है D6 है दोस्तों D6, not E6, not A6. ये सिक्स आपको ध्यान में रखने की D6 में क्या आता है E6 में क्या रिप्लाई आता है और A6 सिक्स अगेंस्ट क्या है मैं सभी के रिप्लाई अलग अलग आपको बता दूंगा आज हम देख रहे हैं डी के सामने बी C4 और यहां पे नॉर्मल नेचुरल मूव E6 होना चाहिए मू नंबर फिफ्थ नाइट एफसिक्स आप अपनी रेड पेंसिल से सर्कल करके क्वेश्चन मार्क कर सकते हो नाइट एफ्सिक्स गलत मूव है नॉर्मली यहां पे अर्ली अटैक आप कर सकते हो जैसे कि ई फाइव सेंटर ब्रेक तुरंत होता है और d takes e5 तो और भी गलत मूव है दोस्तों डबल क्वेश्चन मार्क मतलब ये है ब्लैंडर मूव बीसअप f7 और आपको सिंपल क्वीन टेक्स क्वीन तो यहां पे आप क्वीन जीत जाते हो दोस्तों चलिए और भी देखते हैं इसमें bc4 फोर एन एफ और e5 इसमें कुछ और भी मूव है ब्लैक के लिए आप सोचोगे कि ये कैसे होता है e4, c5, d4, फाइव डी फोर सी इंटू डी फोर सी थ्री डी टेक सी थ्री नाइट क्रॉस सी थ्री देन और नाइट एफ सिक्स नाइट मैंने आपको पहले इससे वेरिएशन में बताया कि गलत है और हम यहाँ पे ये मूव नंबर फिफ्थ सेम मिस्टेक यहाँ पे हमको सेम मूव करना है e5. तब आपके पास एक और क्वेश्चन है कि सर अगर उसने पॉन टेक्स पॉन नहीं किया ये तो नॉर्मल सबको दिख जाता है कि मेरी क्वीन मर जाएगी अगर मैंने पॉन मार दिया तो सबसे जो भी एक्सपर्ट प्लेयर है उसे मिल जाते है। पर ई के सामने ब्लैक का एक बेस्ट ऑप्शन ये है नाइट जी इतना भी बेस्ट नहीं है यहां से व्हाइट की पोजिशन और भी उससे पहले से बेटर होती है यहां पर आपको खेलना है ई अब देखो Queen takes फोर की थर्ट है ई सिक्स में नॉर्मली एपक्रॉस ई सिक्स लॉसिस द नाइट आप देख सकते हो अगर पौन से पोन मार रहे तो क्वीन से नाइट फ्री में मर जाएगा तो एपक्रोस cross e6 नॉट पॉसिबल बिशप क्रॉस ई सिक्स अगर बिशप क्रॉस ई कर रहे तो यहां पे सिंपल विशप टेक्स बिशप कॉन टेक्स और क्विंटेक्स नाइट मन रहा है तो ये भी बैड मूव है तो ब्लैक के पास ऐसा कौन सा मूव है जो डिफेंड भी कर सकता है एफ सेवन को वो है नाइट ई फाइव नाइट ई फाइव में भी आप ई क्रॉस एफ सेवन कर सकते हो आफ्टर नाइट क्रॉस एफ सेवन सिंपल डेवलप करो नाइट एफ थ्री सिक्स कैसल बीस जी सेवन ब्लैक ट्राई करता है जल्दी से जल्दी उसका शॉर्ट कैसल हो जाए इसीलिए जी सिक्स मैंने मुह बताया आपको इसी खेल, तक, खेल सकता है लेकिन उसमें डेवलपमेंट बहुत ही पीछे रह जाएगा और व्हाइट सेंटर से जल्दी अटैक कर देगा आर वन करके तो यहां पर बीजे सेवन के बाद यहां से शुरू होता है attack बाई queen to बी थ्री नाइट पे थ्रेट है अब यहां पर अगर उसने शॉर्ट कैंसल कर दिया सपोज तो सिंपल बिश क्रॉस एफ सेवन चेक रुक क्रॉस एफ सेवन और नाइट जी फाइव विनिंग द एक्सचेंज यहां पर आपको सिंपल एक्सचेंज मिल जाता है तो दोस्तों ये थे आज के वीडियोज आज के वेरिएशन आज के वीडियो में सॉरी और मैं बैक टू बैक आपके लिए मोरा कैम्बिट के सारे वेरिएशन लेके के आऊँगा तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात